तो बड़ों को नमस्कार छोटों को प्यार दोस्तों को मेरा हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म तो गुड मॉर्निंग दोस्तों तो आज हम जानेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जिस राज्य की तीन राजधानियां है जिसे तीन राजधानियों का राज्य भी कहा जाता है तो आइए जानते हैं हम ऐसे राज्य के बारे में इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है यह भारत का दसवा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तो आइए दोस्तों जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का इतिहास। प्राचीन में आंध्र प्रदेश के लोगों को आंध्र कहते थे यह लोग उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण में बस गए प्रारंभिक लोगों ने बौद्ध स्मारक और मंदिरों का निर्माण कियाध्र प्रदेश पर मौसम शासन था उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे टुकड़े हो गए वंश का प्रदेश पर शासन शासन था शताब्दी शताब्दी से पहली इन्होंने शासन किया। इन्होंने किया ही और अमरावती को अपनी राजधानी बनाया अमरावती में ही दो तीन शताब्दी में महायान के बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रहते थे देखिए बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन का छायाचित्र अब आइए जानते हैं कुछ और बातें आंध्र प्रदेश राज्य पर पल्लव चारुक्य राष्ट्रकूट चोर का विजयनगर साम्राज्य मुगल कुतुषक हैदराबाद के निजाम ब्रिटिश शासकों का भी शासन था पल्लव शासन काल में बनाए गए सिक्के के साथ ही साथ उन्नीस सौ को जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया तो हैदराबाद संस्थान के निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे भारत सरकार ने उन्नीस को ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद संस्थान को आज़ाद किया और हैदराबाद को भारत में विधीन कर दिया उन्नीस से लेकर उन्नीस तक तेलुगुभाषा का क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में तनाव कई सारे आंदोलन चले इनका मुख्य उद्देश्य तेलंगाना और आंध्र को अलग करना एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन को राज्य पुनर्गठन आयोग से तेलुगु क्षेत्र को मिलाकर संयुक्त आंध्र का गठन किया गया जिसमें तेलंगाना राज्य भी शामिल है लेकिन फिर भी उन्नीस से दो हजार तक कई सारे राजकीय आंदोलन चले कई सारे आ, बातों के चलते आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना इस राज्य से अलग कर दिया गया 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना राज्य को अलग कर दिया गया लेकिन इसी के साथ ही साथ दोनों राज्यों यानि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी एक ही कर दी गई जिसका नाम हैदराबाद है इन दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश राज्य को दस वर्ष की रिहायत दी गई ताकि वो अपनी राजधानी चुन सके आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी राजधानी विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बनाया इसी के साथ ही साथ अमरावती को विधायक की राजधानी बनाया और कुरनोल को न्यायिक राजधानी बनाया लेकिन वास्तव में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती ही है अभी तो देख सकते हैं आप छायाचित्र में अमरावती इस जिले का फोटो जो कि आंध्र प्रदेश की, की राजधानी है आप जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम में तेलंगाना ये राज्य हैं उत्तर में छत्तीसगढ़ राज्य हैं इसी के साथ ही साथ उत्तर पूर्व में उड़ीसा और तमिलनाडु यह राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी ये प्रमुख दो नदियाँ हैं जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर श्री शैराम टाइगर रिजर्व पार्क है जो देश का सबसे बड़ा रिजर्व पार्क में से एक है इसी के साथ ही साथ इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान और कृष्णाउन जीव अभयारण्य भी हैं नागार्जुन सागर श्री शैराम टाइगर रिजर्व पार्क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों राज्यों में है आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है ये देखिए इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान का छाया आंध्र प्रदेश राज्य में कई सारे जीव और पक्षी पाए जाते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर अब आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल के बारे में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल अभी के विश्वभूषण हरिशन्द्रन सर हैं जिन्होंने 2019 में अपना पदभार स्वीकार इसी के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के सीएम एम वाई जगन मोहन रेड्डी सर हैं जिन्होंने 30 मई 2019 से अपना आंध्र प्रदेश के सीएम एम के रूप में अपना पदभार स्वीकार किया अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनका पॉलिटिकल करियर और पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी फिल्म से कम नहीं है हम किसी और वीडियो में इनके बारे में इनकी बायोग्राफी को एक्सप्लेन करेंगे इन्होंने 2011 में वाई एस आर सी नामक पक्ष का गठन किया ये देखिए ये पार्टी का फोटो है इसी के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा आंध्र प्रदेश राज्य में तेरह जिले हैं और दो विधानसभा विधानसभा है। में में में 25 25 सीटें हैं। लोकसभा का सीटों का का सीटों सीटों राज्यसभा 11 आंध्र प्रदेश के अमरावती में उच्च न्यायालय स्थित है और अभी के आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अनुप कुमार गोस्वी है जिन्होंने 6 जनवरी दो हजार अभी पांच महीने पहले ही अपना स्वीकार या प्रभाव स्वीकारा है अब आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतीक के बारे में ये देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतीक आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य प्राणी ब्लैकबर्क यह है आंध्र प्रदेश राज्य का में पाई गई मछली मडफिश यह है आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य फूल चमेरी का है आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य फल आम का है आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य पेड़ नीम का पेड़ है और आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य खेल कबड्डी है आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य कुचिपुड़ी लोक नृत्य है इस इसी के साथ आंध्र प्रदेश राज्य की राज्य भाषा तेलुगु भाषा है अब आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था और खेती के संबंध दी कुछ और जानकारी आंध्र प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्यत्व है कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है इसी के साथ ही साथ जीडीपी में आंध्र प्रदेश राज्य भारत में आठवें स्थान पर है आंध्र प्रदेश राज्य में चावल ज्वार मक्का गन्ना कपास मिर्ची आम की खेती होती है ये देखिए धान यानी चावल के खेत इसी के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर बांध है इस बांध का निर्माण उन्नीस में चालू कर दिया गया था और और इस बांध को नाइनटीन 67 में शुरू कर दिया गया था यह बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है इसी के साथ ही साथ इस बांध का मुख्य उद्देश्य खेती के लिए पानी और ऊर्जा विद्युत के लिए किया जाता है आंध्र प्रदेश सिनेमा जगत को टॉल्यू कहा जाता है आंध्र प्रदेश की भोजन आंध्र प्रदेश में भोजन चावल दाल इसी के साथ इडरी वड़ा डोसा ये किए जाते हैं आप जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन के बारे में और ट्रांसपोर्ट के बारे में आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट में बसें ट्रेन और विमान सेवाएं हैं आंध्र प्रदेश बस सेवा को ए पी एस आर टी सी के नाम से जाना जाता है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के है इस स्थापना 11 जनवरी उन्नीस को की गई थी आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के हाईवेज़ इसी के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में ब्रैड गेज रेलवे मार्ग है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम यह रेलवे स्टेशन भारत का सबसे अधिक स्वच्छ रेलवे स्टेशन है आप स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद विजयवाड़ा और गुंटूर रेलवे स्टेशन भी है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम यह अंतर्राष्ट्रीय एक ही हवाई अड्डा है इसके साथ ही साथ सोलह छोटे मोटे हवाई पट्टियाँ भी हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है स्क्रीन पर इसका फोटो देख सकते हैं बदरगाह की इसी के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में नंदी स्टैचू कोडमदराम मंदिर बुद्ध मूर्ति जो कि अमरावती में है स्थित है इसी के साथ ही साथ बुद्ध दर्शनिका बौद्ध दर्शनिक नारायण गोंडा इनकी भी अमरावती में और बैरम की गुफाएं, तिरुमला मंदिर भी हैं आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की शिक्षा और खेल रोग के बारे में आंध्र प्रदेश में आयुर्विज्ञान आई संस्था आईआईटी, एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी है इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएस एस राजेखर का स्टेडियम भी है जो कि विशाखापट्टनम यहाँ पर स्थित है जिसे 2003 में निर्माण किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य में क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल हॉकी टेबल टेनिस खेल खेले जाते हैं और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में सतीश धवा स्पेस रिसर्च सेंटर जो कि नजर के श्री कोठा में है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन जरूर दबाइए अपने आँस और सफाई का ध्यान रखें कोरोना से बचिए और जय हिंद धन्यवाद